नमस्कार दोस्तों जय माँ भद्रकाली जय महाकाल हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज भी मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी टोटका बताने जा रहा हूं अगर आप अपने शत्रु के नाम से यह कर देंगे तो वह बर्बाद हो जाएगा वह तड़प उठेगा वह अपने जीवन में कुछ ना करने के काबिल रह जाएगा जी हाँ दोस्तों अगर आपके शत्रु है आपको परेशान कर रहे हैं तो अपने शत्रु को प्रताड़ित करने के लिए उसका उच्चाटन करने के लिए आप यह सरल सा उपाय कर दीजिए दोस्तों आपका शत्रु आपके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा बहुत ही चमत्कारी टोटका है दोस्तों जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप जानते ही है दोस्तों की पीपल नींबू और कील इन तीनों चीजों का तंत्र में क्या महत्व है नींबू से बहुत उपाय किए जाते हैं हजारों उपाय किए जाते हैं लेकिन जो मैं आज आपको विधि बताने जा रहा हूं वह सबसे अद्भुत है इतनी चमत्कारी है दोस्तों कि करते ही इसका परिणाम आपके सामने आएंगे अगर आप इस पूरे के पूरी टोटके की विधि जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि दोस्तों हम बड़ी मेहनत से और प्रभावशाली टोटके आपको बताने की कोशिश करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके को आपने किस प्रकार से करना है दोस्तों चार पीपल के पत्ते लेने चार नींबू लेने हैं और चार की है अब यह दोस्तों आपने किस प्रकार से लेने अब जैसे कि मैं आज आपको उदाहरण के तौर पे बनाता हूं कि जो आपका शत्रु है उसका नाम है राजू तो उसका नाम दोस्तों चार अक्षरों का हुआ तो आपने क्या करने हैं चार ही पीपल के पत्ते लेने हैं अगर आपके शत्रु का नाम छह अक्षरों का है तो आपने क्या करना है कि छह पान के पत्ते छह नींबू और छह की लेके आनी है तो जैसे हमारे शत्रु का नाम राजू है तो राजू के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले पीपल के पत्ते के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिख लेना है दूसरे के ऊपर भी तीसरे के ऊपर भी चौथे के ऊपर भी और नींबू के ऊपर भी इसी प्रकार से सिंदूर की सहायता से आपने अपने शत्रु का नाम लिख देना है ठीक है दोस्तों, उसके दोस्तों आपने क्या करना है कि इन सारी क्रियाओं को अपने सामने रख लेना है और इन चारों नींबुओं को आपने इस प्रकार से अपने हाथ में ले लेना है और एक मंत्र का जाप करना है तो दोस्तों जो मंत्र है उसका आपने जाप किस प्रकार से करना है ओम रक्त तुंडाए स्वाहा ओम रक्त तुंडाए स्वाहा इस मंत्र को दोस्तों आपने टोटल ग्यारह बार पढ़ना है तो दोस्तों नींबू को हाथ में लेके आपने उस मंत्र का जाप करना है उसके बाद आपने चारों किलो को अपने हाथ में लेना है और हाथ में लेने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है तो मंत्र इस प्रकार है ओम ह्री कली कली काली कंकाली महाकाली खप्पर वाली अमुक्याय जहां पे दोस्तों अमुक दिया हुआ है वहां पर आपने अपने शत्रु का नाम लेना है मंत्र आपको फिर से बता देता हूं ओम ह्री ह्री कली कली काली कंकाली महाकाली खप्पर वाली अमुक तो दोस्तों इस प्रकार से किलो को आपने हाथ में लेके इस मंत्र को टोटल 151 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि एक नींबू को आपने इस प्रकार से लेना है इस पीपल के पत्ते में आपने ऐसे रखना है और रखने के बाद इसके अंदर से आपने इस प्रकार से यह कील निकाल देनी है उसके बाद दोस्तों आपने दूसरा नींबू लेना है इस पीपल पे एक पत्ते पर रखना है और उसके अंदर से भी आपने इस कील को इस प्रकार से निकाल देना है उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने तीसरा नींबू लेना है इस प्रकार से यहाँ पर रखना है और आपने इस कील के द्वारा इसको भी इस प्रकार से छेद देना है और फिर दोस्तों आपने क्या करना है कि जो हमारा आखिरी नींबू रहेगा उसको भी इसके बीच में रखना है रखने के बाद इस कील को इस प्रकार से नींबू के अंदर डाल देना है और दोस्तों जब आप चार नींबूओ के अंदर यह क्रिया कर रहे हो आपने उस मंत्र का जाप करते जाना है जो मंत्र था ओम रक्त तुंडाए स्वाह इस मंत्र का उच्चारण आपने दोस्तों करते जाना है और करने के बाद दोस्तों आपने पत्ते के सामने से लपेटना है दोस्तों पीछे से हमने कभी भी इसको नहीं लपेटना और लपेटने के बाद इसको इस प्रकार से लपेट लेना है उसी प्रकार से दोस्तों आपने क्या करना होगा कि जो ये दूसरा नींबू रहेगा इसको भी हमने इस ही के साथ में लपेटना है स्टार्टिंग आगे से और फिर आगे से ही घुमाना है और नीचे से हमें अच्छे से इसको इस प्रकार से बांध देना है ये देखिए दोस्तों बांधने के बाद हमें फिर से इसके ऊपर से घुमा लेना है और दोस्तों उसके बाद हमें यह तीसरा लेना है तो तीसरे को भी हमने ऐसे ही करना है इस ही प्रकार से सबसे पहले यहाँ से बांध लिया और उसके बाद इसके आगे से इस प्रकार से हमने यह घुमा के इन सभी को एक साथ ही बांध लेना है फिर हमने यह जो चौथा नींबू था इसको भी उठाना है और इसको भी उठाने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि यहाँ पर रखना है और रखने के बाद स्टार्टिंग में यहां से आपने कील की लगाना और फिर आगे की तरफ यहाँ से इसको बांध देना इस प्रकार से आपने इन सभी को अच्छे से इस प्रकार से कर लेना है ठीक है करने के बाद दोस्तों जैसे कि की, दो किले हमारी इस तरफ निकली हुई है और दो किले हमारी नीचे की तरफ है इसको ऐसे ही आपने लेके जाना है और सीधा पीपल के पेड़ के ऊपर आपने किसी भारी जैसे कि पत्थर ले लीजिएगा किसी भी और की से इसको ऐसे ही आपने पीछे से ठोककर पीपल के पेड़ में गाड़ कर आ जाना है बस दोस्तों इस तरीके से गाड़िएगा कि ये थोड़ा छुप भी जाए किसी दूसरे व्यक्ति को नजर भी ना आए इसको गाड़ के आ जाएंगे दोस्तों लगभग तीन दिन के अंदर ही आपके शत्रु के पूरे समस्त परिवार में उसके मन में उसके कारोबार में उसके हृदय में उच्चाटन पैदा होना शुरू हो जाएगा उसके शरीर में बीमारियां प्रवेश करने लगेंगी उसकी सुंदरता खत्म होने लगेगी वह तड़प तड़प कर यह इन सभी बीमारियों से इन सभी पीड़ाओं से इतना लड़ लड़के थक जाएगा कि वह भूल जाएगा कि मेरा कोई शत्रु भी था वह कभी आपको परेशान भी नहीं करेगा तो दोस्तों यह जो विधि है यह हम शनिवार की रात्रि काल में ही करेंगे इसका ध्यान रखिएगा इसको और किसी भी दिन नहीं किया जाता शनिवार में जब रात्रि काल हो नौ बजे के बाद किसी भी वक्त आप इसे कर सकते हैं और करने के बाद रात्रि काल में ही आपने इसको पीपल के ऊपर इन चारों किलो के सहित इस नींबुओं को गाड़ कराना है तो दोस्तों यह बहुत ही सरल और इतना चमत्कारी उपाय है कि आप अपने बड़े से बड़े शत्रु को ढेर कर सकते हो उसके किए जा रहे जुल्मों से छुटकारा पा सकते हो और उसे परेशान भी कर सकते हो तो दोस्तों किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा हो सके तो आवश्यकता पड़ने पर ही आप इस टोटके का इस्तेमाल करें तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो नीचे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों जय माँ भद्रकाली जय महाकाल